कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है मंत्री पटेल ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही तो वही दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांड का खुलासा किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी मंडली ने पांच करोड़ रुपए का घोटाला किया है छिंदवाड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए डैम और सिंचाई के नाम पर एडवांस लेकर खाया है कमलनाथ के पीए के घर छापे में करोड़ों रुपए निकले ये किसके हैं कमलनाथ इसका जवाब दे भ्रष्टाचार में डूबे हुए कमलनाथ जेल जाएंगे मंत्री पटेल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पांडुणा का जिला ना बन पाने के पीछे कमलनाथ के हाथ के साथ कांग्रेस का हाथ है पंद्रह महीने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे उन्होंने क्यों जिला नहीं बनाया कमलनाथ इसका जवाब दे सिद्ध कराना कार्रवाई कराना तुम मुख्यमंत्री ऐसी पंद्रह महीने क्यों नहीं करी कार्रवाई जेल भेजते गिरफ्तार करते अरे मैं पूछता हूँ कमलनाथ जी से तुमने पाँच करोड़ रूपए एडवांस लेकर खा गए डेम के नाम पर सिंचाई के नाम पर कुछ जांच चल रही जेल जाएंगे इनके भांजे के ऊपर जेल में गए जवाब दे इनके पिए क्या है छापे पड़े करोड़ों रुपए निकले किसके हैं ये और इसलिए उल्टा चोर कुतवाल को डांटे सोच हुए खाके बिल्ली हजको पूरे आखंड ऊपे हुए है। है। तो हम पे आरोप लगा रहा हूँ और हमने जनता का दिल जीता विश्वास सोलह सौ मकान दिए हमने प्रधानमंत्री आवास कहाँ से खा गए भैया सीधे खातों में पैसे जाते मंत्री पटेल ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा का विकास किया लेकिन मेरा दावा है कि वर्ष 2003 से प्रदेश में हमारी सरकार बनी तब से ही छिंदवाड़ा का विकास भाजपा कर रही है कमलनाथ ने झूठे वादे करने के साथ प्रदेश के युवाओं और किसानों को धोखा भी दिया है प्रदेश की जनता को वचन पत्र के जुमले में फंसा एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन अब नहीं बन पाएंगे मंत्री पटेल ने कहा कि कमलनाथ जैसे नेता के ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी कहावत सटीक बैठती है पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत का मोदी जी का सपना पूरा हो रहा है मंत्री पटेल ने कहा कि एक और कांग्रेस भारत छोडो यात्रा निकाल रही है तो वहीं दूसरी ओर उनके नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान में लगे हुए हैं पूरी कांग्रेस पार्टी जोड़ो और छोड़ो अभियान के भवर में फंस चुकी है पहले कमलनाथ जी अपने गिरे बार में झाके तुम 15 महीने मुख्यमंत्री थे तुमने क्यों नहीं बनाए जवाब दो और कमलनाथ जी तुमने सिवा भ्रष्टाचार के कमीशन खोरी के कुछ नहीं किया है तुमने 40 साल से सांसद हो यहाँ क्या किया छवाड़ा मॉडल छंदवाड़ा मॉडल जो भी विकास किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से दो हजार जब तक पंद्रह में अभी तक दोगा तुम और इसलिए तुम्हारी कथनी करनी में अंतर है तुमने जनता से कहा था दो लाख का कर्जा माफ करेंगे कसम खाते वच्चन पर दिया था किया क्या, क्या? इन्होंने कहा, कहा था कि महिलाओं के समूह का कर्जा माफ करेंगे किया क्या बाब दो तुमने किया क्या बेरोजगारों को रोजगार देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे चार हजार को ढोर चलाने के लिए को को भी देंगे, दिया वेतन भोगी रेगुलर करने का किया पर के देखो। What starts ज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन The world of एन सी टी ग्रुप एवरी बिगिनिंग चेंज इज दर्ल्ड प्रोवाइडिंग देश रिजल्ट हाई एस्ट पैकेजेस एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी the चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन